पहले तो आपका लोकेशन ये सर्च कर रहा है यहाँ पर सर्चिंग जो है कनेक्टिंग डिवाइस है आप देख सकते हो एक्जैक्ट लोकेशन दिखाएगा वहां तो पर आप रिंग बजा सकते हैं यहाँ से तो देखिए मेरा जो है मोबाइल मेरे साथ ही बगल में ही है बट उसका रिंग कि होगा आप आप तो खो गया आप उसे ट्रैक कर सकते हैं बट इसमें ट्रैकिंग करने के लिए आपको दो तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जैसे आपके मोबाइल का इंटरनेट ऑन होना चाहिए दूसरा आपके पास उस मोबाइल में जो लॉगिन ईमेल आईडी है उसका ईमेल आईडी आपके और उसका पासवर्ड होनी चाहिए तो आप उसके वजह से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं तो आइए चलिए जानते हैं कैसे ट्रैकिंग करते हैं तो सबसे पहले आप कोई भी कंप्यूटर पर बैठ कर और अपना क्रोम डिवाइस या कोई भी जो होगा इंटरनेट एक्सपोर ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप उसमें जी ओपन कर लेंगे Gmail मेल ओक ओपन करने के बाद यहाँ से सर्च करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे जी मेल डॉट कॉम पर और इसके बाद हमारा जी मेल आई डी इसमें लॉगिन है नहीं होता तो आप वहाँ पर पासवर्ड और अपना आई डी डाल करके लॉगिन कर लेना है लॉगिन करने के बाद आपको जो यहाँ पर नाइन पॉइंट्स दिख रहा है ये सिर्फ कंप्यूटर में नहीं कर सकते आप कंप्यूटर के अलावा मोबाइल में भी दूसरे मोबाइल से भी उसे ट्रैकिंग किया जा सकता है जिसमें भी क्रोम चल रहा हो आप कर सकते इसके बाद यह नाइन पॉइंट दिख रहा है इस पर क्लिक करने के बाद अकाउंट्स पे क्लिक करना है आपको अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर है सिक्योरिटी पे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर दो तीन चीज़ें दिखाएगा पहला ये विंडो ये जो विंडोज दिखा रहा है इंडिया ये मेरा खुद का जो अभी कंप्यूटर में मैंने लॉगिन कर रखा है वो खुद डिवाइस लिखा भी है दिस डिवाइस और हमारा दूसरा जो है यो गैलेक्सी ए सिक्स है मेरा कंप्यूटर मतलब मोबाइल तो आप उसमें आप फाइंड क्या ना फाइंड आ लास्ट डिवाइस इस पर आप क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या क्या कर सकते हैं पहले तो आपका लोकेसन ये सर्च कर रहा है यहाँ पर सर्चिंग uh, जो है कनेक्टिंग डिवाइस तो, तो तो आपका जब देखिए इसमें दिखा रहा है मेरा मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है जियो फोन है उसमें और 24% परसेंट चार्ज हो चुका है और ये कहाँ पर है ये आप यहाँ से देख सकते हो तो एग्जैक्ट लोकेशन दिखाएगा आपको आप यहां से कहीं पर भी रहे आपका यह फ़ोन का डिवाइस दिखाएगा जूम आउट जूम इन करके इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जैसे कि अगर आप मान लो आप वो फ़ोन नहीं मिलने वाला है तो आप इरेज डिवाइस कर सकते हो अगर नेट बंद भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें इरेज डिवाइस कर दोगे तो इसमें जो भी आपका डाटा होगा ना वो आप इरेज कर सकते हो इसमें से और आपका कोई भी डाटा नहीं आपका डाटा सुरक्षित रहेगा उसमें अगर आपने सिक्योर कर दिया डिवाइस तो इसमें क्या होगा लॉक लग जाएगा उसे खोलने में बहुत प्रॉब्लम होगा एक्चुअली वो जल्दी खुलता नहीं है उसके वजह से और अगर आप नया आप जहाँ पर आपका लोकेशन है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और दिख रहा बहुत सारे आदमी हैं तो वहाँ पर आप रिंग बजा सकते यहाँ से तो देखिए मेरा जो है मोबाइल मेरे साथ ही बगल में ही है बट उसका रिंग बज चुका है और पाँच मिनट तक हम बजा सकते हैं और इस्टॉप करना चाहिए तो इस्टॉप भी आप कर सकते हो तो इस तरह से आप अपने डिवाइस को खोज सकते हो अगर नहीं मिला तो आप इरेज कर सकते हो आपका डाटा सिक्योर रहेगा तो मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगा एक ईमेल आईडी से किसी का भी आप प्राइवेट फोटो आप या लोकेशन आप देख सकते हो तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद